हाय नमस्ते आप लोग कैसे हैं मैं तो बहुत अच्छी हूँ आपको पता है मैं फाइनलिस्ट बन गई नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत है हमारे और एक वीडियो में आध्याश्री उपाध्याय जी हाँ दोस्तों आजकल ये धेमाजी आसाम की बच्ची आद्याश्री उपाध्याय जो जी टी वी का खास प्रोग्राम डांस इंडिया डांस लिटिल्स में चमक रही है वीडियो अंत तक जरूर देखे दोस्तों उपाध्याय जो छोटी बच्ची है वो अपने झटके और प्यारी अंदाज से सबका मन मोह लेने में सक्षम हो रही है आध्याश्री का प्रोग्राम आपने भी जरूर देखा होगा दोस्तों आइए आध्याश्री के डांस के कुछ झलकियां देख लेते हैं और इसी वीडियो में आध्याश्री के माता पिता के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों अध्याश्री के पिता का नाम है महेश उपाध्याय और माताजी का नाम है रूनू उपाध्याय धेमाजी डिस्ट्रिक्ट आसाम में रहने वाले हैं आध्याश्री फाइनल तक तो पहुंच चुकी है अगर लोगों का प्यार बरकरार रहा तो ये सीजन भी जीत जाएगी